समंदर को किनारा मुबारक चांद को सितारा मुबारक गुलाब को खुशबू मुबारक और दिल को दिलदार मुबारक और आप सभी को ईद मुबारक अल्लाह الحمد. अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह फज्र की नमाज से लेकर तेरह जिल हिज्जा तक इन तकबीरात को कसरत से पढ़ा करते थे मुसन्नफ इबन अबी शैबा हदीस नंबर पांच हमें भी चाहिए कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा तकबीरत पढ़ें ले ले ले सलमा यही कह रहा